कुछ लोग पूरी उम्र पूजा पाठ में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें भगवान का कोई एहसास नहीं होता न ही उन्हें भगवान दर्शन देते हैं और कुछ लोगों को तो भगवान में विश्वास ही नहीं है ऐसे में सवाल उठता है भगवान सच में हैं भी या नहीं और ये हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है इस सवाल ने इंसानों को दो भागों में बांट दिया एक आस्तिक तो दूसरा नास्तिक इसके बारे में हम सभी जानते हैं लेकिन आज की कहानी क्यों खास होने वाली है क्योंकि आज की कहानी में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध का क्या मानना था भगवान को लेकर इसके पहले आपके जो भी विचार रहे हों लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि भगवान हैं या नहीं अगर हैं तो उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है तो चलिए बिना समय को नष्ट किए आज की कहानी शुरू करते हैं इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बहुत समय पहले की बात है एक बहुत ही बड़ा विद्वान क्षत्रिय आदमी था इस आदमी के ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान हार मान जाते थे जहां भी ज्ञान की बातें होती थी या शास्त्रार्थ होता था तो ये आदमी वहाँ पहुँच जाता था और अपने ज्ञान से सबको हैरान कर देता था इतना ज्ञान होने की वजह से इस आदमी को अपने ज्ञान पर घमंडने लगा था खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा था उसे लगता था की वह सबसे बड़ा ज्ञानी है सब उसके आगे फीके पड़ जाते हैं एक दिन इस आदमी को बुद्ध के बारे में पता चला कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है इस इस को अपने को और ज्यादा श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिल गया उसने शास्त्रार्थ करेगा और उनके ज्ञान को जूठा साबित कर देगा जिससे उसकी ख्याति और ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो बुद्ध से मिलने जा रहा था तब उसे पता चला की बुद्ध ईश्वर के बारे में बात ही नहीं करते है तब उसने एक योजना बनाई कि वो बुद्ध से सिर्फ ईश्वर के बारे में ही पूछेगा वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचकर उनके पास गया और उनसे कहा कि बुद्ध मेरा नाम बोरंग का पुत्र है मैं छत्री वंश का हूं और मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया मैंने सुना है कि आपको परम सत्य की प्राप्ति हुई है क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं मैं जानना चाहता हूँ की ईश्वर है या नहीं बुद्ध और बोले क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हो वो आदमी बोला हे hey बुद्ध क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा लेकिन क्या तुम इनके जवाब के लिए कुछ दाँव पर भी लगा सकते हो क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सहज नहीं मिलता है ये आदमी अपने खमंड में इतना चूर था कि अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था इसलिए उसने बिना सोचे समझे बुद्ध से कहा कि आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा मैं आपको अपनी धन सम्पत्ति सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ अगर आप मेरे सवाल का उत्तर दे देते है तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए आदमी ने कहा फिर क्या चाहिए आपको बुद्ध ने कहा तुम्हें दो सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करना होगा अगर तुम यह कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा ये सुनकर आदमी को बहुत बड़ा झटका लगा उसने सोचा कि ये बुद्ध ने क्या मांग लिया इसका मतलब ये हुआ कि दो वर्षों तक मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन ही नहीं कर पाऊंगा इससे अच्छा तो होता कि बुद्ध मेरी जान मांग लेते लेकिन यह आदमी छतरी था और इसलिए जुबान का पक्का था वो कह चुका था कि वो सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है इसलिए वो पीछे नहीं हट सकता था उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कर बुद्ध ऐसी कहा की मैं तैयार हूँ बुद्ध ने कहा की आज तुम आराम करो कल से शुरू कर देना वो आदमी पूरी रात बेचैन रहा उसे नींद नहीं आई वो सोच रहा था की मैं कहाँ फंस गया अच्छा खासा अपने रास्ते जा रहा था यहाँ तो मेरी बाजी ही उल्टी पड़ गई अगले दिन वो उठा और उसने मौन शुरू कर दिया उसने एक दिन तो जैसे तैसे निकाल लिया लेकिन दूसरे दिन वो बेचैन हो गया उसे एक एक पल काटना बहुत भारी लग रहा था ऐसे ही करते करते चार महीने निकल गए वो बुद्ध के शिष्य को उनसे प्रश्न करते देख जवाब देने के लिए बहुत व्याकुल हो जाता था इन चार महीनों में वो बहुत बदल गया अब उसे क्रोध आने लगा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था वो हमेशा गुस्से में लाल रहता था जैसे शुद्ध खो दी हो वो हताश और निराश होकर इधर उधर देखता रहता था एक दिन वो बड़ा सा पत्थर लेकर बुद्ध के पास गया और उसे वहीं पर पटक कर वहां से चला गया ये देखकर बुद्ध उसके पीछे गए और उसे एक तालाब के पास ले जाकर कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने की इजाजत देता हूँ तुम चाहो तुम उससे कुछ पूछ सकते हो उस आदमी ने नाम में हिला दिया इस पर बुद्ध ने कहा कि ठीक है तो तुम मेरे सवालों का जवाब करदर कर दर देना इस तालाब में देखो क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया फिर बुद्ध ने कहा कि तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। आदमी ने पत्थर लेकर तालाब में फेंक दिया बुद्ध ने कहा कि क्या अब तुम्हे चंद्रमा पहले की तरह स्पष्ट दिख रहा है आदमी ने ना मैं सर हिला दिया इसके बाद बुद्ध ने कहा जैसे शांत पानी में चंद्रमा वैसा ही दिखता है जैसा की वो होता है और जैसे ही तुमने उस तालाब में पत्थर फेंका तो और चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देना बंद हो गया ठीक उसी प्रकार जब तुम तो मौन रहते हो तो तुम्हें सत्य या कहे परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन जब तुम्हारे अंदर विचारों की हलचल पैदा होती है मतलब तरह तरह के विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं तो उसमें सत्य दिखाई नहीं देता है इसीलिए बाहरी मौन से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी मौन मतलब भीतर से शांत होना विचारों को शांत करना तभी हम सत्य को स्पष्ट देख पाएंगे फिर बुद्ध उस आदमी ऐसी कहते हैं कि इतने महीनों तक तुमने मौन रहकर जो ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठा की वो ऊर्जा क्रोध के माध्यम से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है उसके लिए सिर्फ क्रोध ही एक माध्यम है बाहर निकलने का लेकिन अगर तुम अपने विचारो को इस वक्त भी संयमित कर लेते हो तो वही ऊर्जा जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है वो तुम्हारी सत्य या परमात्मा की खोज के लिए ताकत बन जाएगी इसीलिए क्रोध करके उसे बर्बाद मत करो उसे अपने शरीर में समाहित कर लो खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को तुम खुद देख पाओ ये बात उस आदमी की समझ में आ चुकी थी उसने दो साल तक बाहरी व आंतरिक रूप से मौन धारण कर लिया खुद को शांत बनाया दो साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने कहा की तुम्हारे मौन के दो साल बीत चुके हैं तुम्हे जो पूछना है तुम पूछ सकते हो उस आदमी ने दो साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था और वो शब्द था बुद्ध उसकी वाणी में इतना आकर्षण था इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था तब उस समय आदमी ने कहा कि, हे hey बुद्ध जब मैंने आपसे उस समय प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी मानता था लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि खुद को ज्ञानी समझना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी असल में जब मैंने सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया तब मुझे यही एहसास हुआ कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ परमात्मा की बसाई इस सृष्टि में कितने ही रहस्य छुपे हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ पहले से ही जानते हैं और इसी विचार ने मेरी जानने की क्षमता को बंद कर दिया था पहले मैं बातें कर, कर कर के हमेशा बकबक कर करके कर अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता था लेकिन इन दो सालों में मौन रह मैंने जाना की मौन की ऊर्जा क्या होती है मौन रहकर हमारे शरीर में कैसी ऊर्जा बनती है यह मैंने इन दो सालों में भली भांति जान लिया शुरुआत में मैंने बाहरी मौन अपनाया था लेकिन अंदर से मैं बहुत विचलित था विचारों की बाढ़ सी आती रहती थी जो मुझे क्रोधित कर देती थी लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के कारण मैंने अपने मौन को नहीं तोड़ा और कुछ समय बीतने के बाद मेरा क्रोध भी शांत होता चला गया और मैं अंदर से मौन हो गया तत्पश्चात मैंने सत्य की या कहें परमात्मा की अनुभूति की प्राचीन तिब्बत में लाउत्सू नाम के एक बहुत बड़े भिक्षु रहा करते थे एक बार एक आदमी उनके पास आया और बोला की hey महात्मा जी मैं आपके सत्संग में नहीं आ सका क्या आप मुझे एक वाक्य में पूरे धर्म का सार बता सकते है तब लाउत्सु ने कहा मौन इसके बाद उस आदमी ने पूछा की मौन किस तरफ ले जाता है तब लाउत्सु ने कहा ध्यान और फिर उसने पूछा की ध्यान किस तरफ जाता है तब लाउसो ने कहा मौन अगर हमारी इस कहानी को एक भी आदमी समझ लेता है तो इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक अपना ख्याल रखें